हेवर्ड वाइस बहुत गुड मॉर्निंग गाइस आज नौ किस हो गया तो फर्स्ट ब्लॉक इज सेकेंड डे तो हम लोग उठ गए गुड मॉर्निंग गाइस आज आई थिंक चलो फ्रेश होकर मिलते आज बहुत काम है हेवर्स वाइज कैसे हो सभी लोग आई होप अभी लोग अच्छे होंगे सुबह में ब्लॉक के बाद आज हम फिर से आ गए न्यू ब्लॉक के तरफ और मैं तैयार हो गया फिलहाल के लिए तो चलते हैं फिर और एक काम थोड़ा सा देख के जाओ और मैं हम बहुत काम है एक मेरे फोटो एडिटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और YouTube का थोड़ा सा बदल लूँगा आज अच्छा सो टैग लाइन बदल लूँगा और होमते सब कुछ बदल दूँगा YouTube का और उसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने के बाद फिर चलूँगा चांदनी में चांदनी में बहुत एक ग्रुप हो गए कैमरा स्टैंड खरीदूँगा एक माइक खरीदूँगा अच्छे से चलाने के लिए हैं क्या बनाए आई करके ये वाले पे पॉइंट पे देखा ये तो ठीक है ये ये ये ये कोने साइड में ये Hmm. <coughs> <coughs> सर्विस सेंटर है मैडम स्ट्रीट स्ट्रीट इस hey आज सब कुछ ख़रीदने के बाद बहुत कुछ नहीं मिला और बहुत कुछ मिला बट घर जा रहा है अब उन और उसके बाद एडिट करूँगा आई थिंक आज का जो वीडियो होगा तो कल को आएगा तो इसका लाइक गेम सेट कर रखते हैं 30 लाइक गेम और इसके बाद जो ब्लॉग होगा धुमा का होगा तो चलते हैं घर के अंदर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अगले वीडियो में मिलते हैं बाय बाय नारा तो कैसे हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के लिए केक लेकर तो आई थिंक मम्मी खुश हो जाएगा तो देखने वाले कल ब्लॉग का जो होगा वो आखिरी पार्ट होगा इसका पार। उसके बाद लाइफस्टाइल का पूरा का पूरा एंड होगा कट करके वीडियो दे रहा हो तो बट आज का लाइव गेम थर्टी कम्प्लीट कर देना तो देखने के लिए मेरा ब्लॉग शुक्रिया और टेक केयर एंड बाय बायस चलो भाई घर में आ चुका हूँ फिलहाल तो उसके बाद हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे मेरे कंप्यूटर के सामने बैठा हुई और एक और चीज़ है जो मैं ख़रीदा वो एक ट्राईपॉड है जी यहाँ पर मैं ब्लॉक फ़िलहाल कर रहा हूँ और इसके अलावा जो एक ब्लॉक का चलेंट तो फिलहाल मैं दे दूँगा और इसके अलावा एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को आज आज मैं जो ओल्ड रखा हो, तीस के चालीस हो जाए तो अच्छा होगा लाइक्स ऑन द माय मोटिवेशन मोटिवेशन वन वन लाइक फॉर तो इस देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करता है और कौन कौन लाइक करता है तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और अगले मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक, तक के लिए बाय बाय वाट्स में फिर से आ गया आपके दोस्तों आ तो गया और मैं बताना चाहता हूँ मैं चांदनी से ये खरीदा बट ये माउंट कहाँ करूँगा पता नहीं ऊपर में एक थोड़ा सा लेंस लगेगा और एक ऊपर में जो फ़ोन होगा ऐसे लगेगा बट ये मेरे को बहुत झूंडा बट इसका माइक नहीं मिला माइक ऑनलाइन ही अमेजोन से मंगाना पड़ेगा बट तो देखता हूँ अमेजोन से मंगता हूँ यहाँ पर ख़रीदता हूँ याद मैं तो नहीं खरीद लूँगा कोई बात नहीं बस ये लग जाए बहुत काफ़ी है बट नहीं लग रहा चलो गई लग गया, गया ऐसे करके मैं ले सकता हूँ एक फोटेज तो मैं फोटेज लेने के लिए मैं फ़िलहाल तो मैं मेरा खुद का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद आई थिंक मैं ग्रोपो यूज़ करूँगा या नहीं तो मैं ख़ुद का डी यूज़ करूँगा कुछ तो होगा ना यूज़ करने को तो गाइस ऐसा यूज़ होगा तो गाइस ऐसा करके यूज़ होगा अगर देख ही सकते हो और इस ब्लॉग के साथ मैं अंत तक बने रहिए और खुश नसीहे के साथ चलते रहिए है बहुत बक बक कर लिया बस आज तक इतना ही मिलते है हाँ अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर सा